पीछे बैठ जाओ बैठ जाओ आप लोग तो सही आए बच्चे। ना? और डिप्लोमा वाले, अपना नाम नाम? लिखवा दो। मोनिका लिख पूरा आरती नहीं आई है नरेंद्र कुमार गुलशन गौतम नहीं आया उमेश मोनिका yes, सिंह yes, आवाज कम कर लीजिए आवाज डिप्लोमा बी आई सोनू नहीं आया धीरेन्द्र लोकेश अमित जया सिंह ठीक है इसमें स्टेंड इस तो काफी ज्यादा है चार बच्चे आए गुड चलिए जैसा कि हमने अब तक आपको तो विजिट करा दिया स्कूल विजिट हो गई आप लोगों की उसके बाद स्कूल विजिट हो गई ऐसा है सेकेंडरी की क्लास मैंने आज नेट प्रॉब्लम होने के से, की वजह से सेकेंड ईयर की क्लास में तो सेकेंड ईर वाले बच्चे भी देखना चाहते हैं तो जाएगी। है, आज, है, आज, आज की जो टॉपिक है पढ़ाएंगे आपको पेपर नंबर फोर सभी के पास है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग देखिए अपने सिलेबस को देख लीजिए सब लोग सिलेबस निकालिए और देखिए उसमें चाइल्डमेंट एंड इससे पहले आप लोगों की क्लास चली बोलो ना हाँ ना क्लास चली नी क्या पढ़ा आप लोगों ने बताओ कौन सा पेपर की पढ़ाई चली आपकी बोलो पढ़ाया नहीं समझ आया बोल नहीं हम्म फर्स्ट पेपर पढ़ाया ना इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा यही पढ़ा फिर क्या पढ़ाया उन्होंने पेपर ही यही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि जो अभी लास्ट टाइम क्लास चली है फर्स्ट चला आप आप लोगों लोगों का तो उसमें क्या पढ़ा आप पढ़ा ने बारे में कुछ यस सर। आ आगे कि नहीं आ आएगा कि नहीं आएगा आगे आएगा आएगा नहीं नहीं बताओ कि अगर आप पढ़ोगे तभी आएगा नहीं पढ़ोगे तो नहीं ये आएगा मिल रहा सुनो हमारे बात तो पेज निकालो, निकालो जो आई डी वाले सिलेबस तो की उनकी पेज नंबर थर्टी सेवन आई डी वाले क्लास के जितने भी पर डिप्लोमा बी आई वाले पैंतीस और आई डी वालों का तो थर्टी सेवन पे है और एच आई वाले देखो कहाँ लाभ बताऊ सीरियल लिखा चाइल्ड डेवलपमेंट है पेज नंबर किसकी सबको मिल गया आईडी आई डीबस आई आईडी वाले पेज नंबर 37 यानी कि चलो कोई भी हो मैच कर लो मिला कि नहीं मिला सबको मिल गया इस पर लिखा होगा उमेश मिला कि नहीं आई वालों का सिलेबस नहीं चला दिखाओगे लिखा उससे पहले ना मतलब लास्ट पेज चलो ग्रुप पे शेयर कर दो जिससे जो बच्चे घर बैठे हैं उनको पता लग जाए। अब इसमें हम बात करते हैं इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि विकलांगता क्या होती हैं? पढ़ लिया कुछ समझ आया भी गया होगा ठीक है अब आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे ठीक है ये पहले पेपर होता था, का अकेले ही अब इसमें हम जो सिलेबस चेंज हुआ है दो हजार इक्कीस में इसमें लिखा हुआ नीचे देखो डेट मैं तीस जुलाई दो हजार इक्कीस में, में सिलेबस को रिवाइज किया गया है तो रिवाइज करने के दौरान इन्होंने सभी के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है इस पेपर का नाम दिया और पहले एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से ये पेपर जो है, क्लास हो ठीक है? तो आई और, ही है कि जो दिप्लोमाग दिप्लोमाग और कॉमन है दो पेपर फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर अगर किसी एक सिलेबस के हिसाब से देखें तो फर्स्ट और फोर्थ कॉमन है सभी के लिए किसी भी टेट का डिप्लोमा कर रहा होगा तो उसको पढ़ना ही होगा अभी नहीं समझ आ रहा था चलो धीरे धीरे आ जाएगा लेकिन अब पढ़ोगे तभी आएगा इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि देखो थोड़ा सा होता गया है कि ये फील्ड थोड़ा नया है तो बच्चों को समझने में कठिनाई होती है क्यों कठिनाई होती है क्या रही है कि अब तक उन्होंने मैथ इंग्लिश साइंस अलग अलग पढ़ाया है पढ़ के आया ना आप लोग अलग पढ़ के आए उदू तो पढ़ के आए थे उर्दू पढ़ के आया ना अलग मैटर है पर कोई नहीं कि अब हम एज में होता क्या है कि अब तक आप पढ़ रहे थे आप अपने लिए पढ़ रहे थे अब आपको ये पढ़ना है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है अब तक आप एक खुद ही स्टूडेंट थे अब यहाँ पे ट्रेनिंग हो गया खुद ट्रेनिंग मतलब आप खुद ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद आप खुद ही जो है जॉब से लिए जाओगे तो एज ए टीचर काम करोगे इसी पोस्ट में तो काम करोगे ना तो उसके लिए आपको ये सीखना होगा कि हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है और बच्चे कैसे सोचते हैं जैसे साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में सबसे पहले ये आता है कि teach, कि हाउ टू टीच हमें कैसे पढ़ाना होगा ये सारी टेक्निक्स हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से सीखना। तो इसमें यूनिट यूनिट क्या, लिखा हुआ है? यूनिट क्या लिखा हुआ है पढ़ो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी की वृद्धि और विकास ये कैसे होता है इसके बारे में हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे और लिखवाएंगे भी ठीक है और उसके बाद यूनिट वन पॉइंट देखो डिफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि इसमें जो यूनिट 1.1 है इसमें कह रहे हैं कि वृद्धि और विकास की परिभाषाएं और उसका अर्थ बताइए कहते हैं ना कि आपका नाम क्या है अगर नाम से आदमी पहचान हो जाए तो नाम से क्लियर हो जाएगा लेकिन अगर पूछता है कोई एड्रेस भी बताइए तभी तो आप एड्रेस बताओगे तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिट में कह रहा है यूनिट वन में डिपनेशन आवाज कम कर लो के इसके मोबाइल से आवाज आ रही है आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए इसमें कहा है कि इसकी परिभाषा और इसका अर्थ या मीनिंग आप बताइए जैसे कि आप देखो थोड़ा बहुत आपने इंग्लिश की वजह से डर रहे थे तो डरने की जरूरत नहीं है अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो आप तो आसानी से हम हर चीज़ को सिखा देंगे कि आप क्वेश्चन देखोगे तो शायद हिंदी खोजना बंद कर दोगे कि इसकी हिंदी क्या होगी हिंदी की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरा यह है कि जब पेपर क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो उसमें साफ साफ लिखा आता है हिंदी एक साइड है और इंग्लिश एक साइड है तो जिसकी एक्चुअल में हिंदी होती है ना जो लोग तो पेपर सेट करते हैं ऐसा हिंदी लिखकर शायद आप लोग को हिंदी में पता लग पाया कि लिखा क्या है तो आप लोग तुरंत ही क्वेश्चन को बैक करोगे देखोगे इंग्लिश में क्या लिखा हो तुरंत तो आप समझ जाओगे क्योंकि वो तो शुद्ध हिंदी लिखते हैं आप लोग शुद्ध हिंदी लिखते हो नहीं नॉर्मली जो हमें कॉमन यूज करते हैं वही लिखते हो लेकिन तो ये पेपर बनाने वाले साउथ के बनाते हैं तो लोग ऐसा पेपर बनाते हैं ना कि हिंदी और इंग्लिश में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो इंग्लिश को फर्स्ट पढ़ हैं तो क्या और यूनिट 1.2 में क्या लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ एफेक्टिंग डेवलपमेंट इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा आगे कह रहा है कि आगे क्या है नेचर है नेचर यानी प्राकृतिक और पोषण यानी कि जो हम अपने इन्वायरमेंट से जो प्राप्त करते हैं उसमें हमें क्या क्या आवश्यकता हो होती है सारी चीजें सुमित के लिए नहीं है ये वीडियो सुमित को देखने की जरूरत नहीं है सुमित अपना पढ़ाई कर ले आगे कह रहा है डेवलपमेंट फिजिकल सोशल इमोशनल लैंग्वेज यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होती है शारीरिक विकास क्या होता है और सामाजिक विकास संज्ञानात्मक और नैतिक और भाषा ये सारे विकास कैसे होते हैं ये विकास कैसे होते हैं इसके बारे में आपको हम लिखवाएंगे ठीक है ना आगे कह रहा है यूनिट वन पॉइंट फाइव में डेवलपमेंटल माइल स्टोन है, है यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ क्या सभी बच्चों का जो शारीरिक विकास मानसिक विकास की अवस्था में कितनी होती है वो सारी चीजें यूनिट वन में हम कवर करेंगे तो ओरली हमने आपको बताया कि ये जो यूनिट है वन उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा ये सारी चीजें आप लोग को पता लगे ठीक है ना अब हम हेडिंग लिखवाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखिए। शुरू करना लिखवाना और ध्यान रहे दूसरी तरीका यह है कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया सिखाया जाए फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें तो देखो जो जो भी आपकी क्लास हो रही है आप लोग ध्यान रहे हर महीने की जो फर्स्ट वीक में या एंड में आपकी यूनिट टेस्ट भी होगी ठीक है यूनिट टेस्ट में आप लोगों को पहले से अगर तैयार रखोगे तभी तो पेपर दे पाओगे नहीं तो क्या होगा कहोगे सर मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ बहाना लगाओगे तो आप कोशिश पो कोशिश कि तैयारी कंटिन्यू रखना ठीक है जो भी आप क्लास चल रही है घर जाके उसको रिवाइज करोगे हेडिंग लिखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट वन पॉइंट वन बोलो ना हाँ yes, देख रहे हैं वो लोग भी शायद शायद देख सकते हैं समझ ही नहीं आएगा अभी तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को नहीं समझ आएगी पर तो आपका क्या मतलब विचार कहता है कि जो लोग घर बैठे हैं उनको समझ आने होगी आसानी से नहीं, नहीं आना होगा ना इसलिए एक बार कॉलेज आना जरूरी है नहीं ये yes, सर हाँ तो क्योंकि देखो कॉलेज आने के बाद क्या होती है की हम कुछ चीजें सीख लेते हैं थोड़े दिन क्लास लिया फिर थोड़े दिन बीच में ब्रेक कर लिया तो भी हमारे कोई अतराज नहीं है और वैसे भी आप लोगों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी अब आप इसकी आ, आपने यूनिट में लिख लिया ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपकी मेन यूनिंग होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हमारी यूनिट हो गई अब यूनिट वन में क्या लिखा हो वो आप कॉपी कर लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने सिलेबस से स्ले देख करके आप लोग लिख लीजिए अब इसकी हिंदी लिख लीजिए वृद्धि और विकास की परिभाषा और वृद्धि और विकास की परिभाषा वृद्धि और विकास की परिभाषा और यही वन पॉइंट वन है ठीक है अब इसके बारे में लिखिए इसमें पहला हेडिंग लिखिए वृद्धि हम अलग अलग पॉइंट को समझाएंगे आपको वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होती है इसको अलग अलग पॉइंट में आपको समझाएंगे ठीक है ना तो इसमें पहला लिखिए वृद्धि की इंग्लिश क्या होती है ग्रोथ अब इसमें लिखिए वृद्धि का अर्थ आमतौर पर वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने उन अंगों के की उन अंगों की आप लोगों ने क्या लिखा बताओ क्षमता का विकास माना जाता है क्षमता का विकास माना जाता है फुल स्टॉक आगे लिखिए व्यक्ति के इन शारीरिक व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है नीचे ऐसे इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है जैसे गुँ? अंगों में परिवर्तन होता है हो गया जैसे शारीरिक कौमा आकार और भार में वृद्धि शारीरिक कौमा आकार और भार में वृद्धि अब देखिए वृद्धि क्या है आप लोगों को पता लग गया ना एक बार पढ़ लीजिए ये कहना क्या चाहते हैं शुरू में जितनी सारी पॉइंट्स लिखी हुई है <laughs> कि और इनके अनुसारिभाषा करके तो आपको एक नंबर पूरी मिल जाएगी फिर इसी हिसाब से जो डेवलपमेंट है उसकी परिभाषा लिख दूंगी तो आपको एक नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे ठीक है ना तो अब इसमें देखिए इनका कौन थे थे इनके हिसाब से एक परिभाषा क्या थी पहले कॉमा कॉमा लगाइए आप लोग जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो ऊपर फिर आगे आप लोग लिखने का तरीका होता है इन्वर्टेड कॉमा हम आप लोग अभी इसलिए बता रहे की हर एक पॉइंट पे अपनी अपनी जो इमोटकॉमा है डैस है इन सब का अलग अलग महत्व होता है क्योंकि जब कॉपी ई ब्रेगेट होती है तो उसमें हर एक पॉइंट पे आपको नंबर मिलते हैं इसीलिए इसमें क्या होता है जो 45 फाइव मार्क्स के एक्सटेंड एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं इसीलिए मिलता है कि वो हर एक पॉइंट को चेक करते हैं ठीक है तो आप लोग एक टीचर के हिसाब से जब आ, क्लास पढ़ाओगे आप खुद ही पढ़ाओगे तो कमी कम निकालोगे जब आप खुद सीखे रहोगे कभी कमी कौन निकालता है जो उस चीज का मास्टर हो या उस चीज को करके देखा हो वैसे हिंदुस्तान में यहाँ तो हर तीसरा व्यक्ति आपको ज्ञान ही देता है ठीक है ना तो खैर वो अलग मैटर है अब आगे लिखिए इन्वर्टर कॉम लिखिए शरीर के किसी शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं इन्वर्टेड कॉम कर लिखिए आप अब आगे लिखिए ये आपका परिभाषा हो गया कि अगर एक नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कि हमने हमने पहले बताया अगर नंबर नंबर के क्वेश्चन करता है तो आप सीधे-सीधे मोटे-मोटे में जवाब दो आपके कंप्लीट मिल जाएंगे खड़ा हो ना जो भी परिभाषा लिखवाया उसको पढ़ सुनाष परिवर्तन किस कहते हैं चले अपनी अरे उनको हमने भेजा था रूम देखने के लिए बताइए क्या परिवर्तन की बात कर रहे हैं पे जैसे कि इससे पहले हमने आपको पढ़ाया भी शरीर के किसी भी अंग में होने वाले परिवर्तन जैसे लिखवाया उदाहरण लिखवाया मैंने जैसे भारत और आकार और एक और तीसरा पॉइंट लेता पढ़ो तो सही आप देखो अब तक आपने भी पढ़ सकते हो उसने परिभाषा पढ़ा उसने आप एक बार पढ़ो को नहीं नहीं यहाँ एक परिभाषा पढ़ो ना शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे सिद्धि कहते हैं इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो हमारे हमारे छोटे बच्चे हैं जैसे दो महीने का चार महीने का बच्चा है अगर उसका हाथ का हो एक तो हो रहा है ना। ही ग्रोथ हो या शरीर का, का ही या ब्रेन का ही डेवलपमेंट हो जरूरी नहीं है क्योंकि अगर जरूरी होता की या कम्पल्सरी होता तो क्या इसमें सब बच्चे कैसे होते हैं इसलिए अगर हो रहा है तो वो एक विशेष है इनका जो कहने का तात्पर्य था शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है आप यह समझो कि हमारे शरीर में जो अलग-अलग तरह -अलग से डेवलपमेंट होते हैं, उसी को ही वृद्धि कहते हैं तो हमारा क्या मतलब विचार है कि आप तो कुछ समझ आ, रहे बारे में कुछ समझ आ रहे हैं? तो रहा है तो वृद्धि की परिभाषा बता दो अपने शब्दों में हमारे शरीर में या कि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं जैसे मान लो कोई स्थान है सॉरी कोई इंसान है उसकी एज बढ़ रही है तो एज के साथ साथ उसकी दिमाग भी बढ़ेगा तो क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है ना उसकी और अगर सोचो धन दौलत से वो अपना घर बढ़ा रहा है तो क्या होगा उससे विकास कर कहते हैं विकास का मतलब होता है जो हमारी जैसे हमने घर बना लिया हमने गाड़ी खरीदी ये उसका विकास है ये विकास तब तक चलेगी पूरी लाइफ कुछ ना कुछ इंसान खरीदता ही रहता है ऐसा है, है, है क्या, क्या? क्या खरीदी नहीं हम नहीं कुछ करना उनको तो मन में ही चलेगा ना कि आज हम नहीं खरीदा कल को कुछ और खरीदते है, तो है है। हैं कि बच्चों का एज दातों का ग्रोथ कब होगा वो सारी चीजों का एक लिमिट समय होता है तो वृद्धि में हर चीज का लिमिट होता है और विकास में अनलिमिटेड चलता ही रहता है अब आगे लिखिए में लिखना वृद्धि के अर्थ एवं प्राकृतिक वृद्धि के अर्थ एवं प्राकृति को निम्नलिखित तथ्य द्वारा स्पष्ट कर देते हैं वृद्धि के अर्थ एवं प्राकृति को निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर देते हैं अब इसमें पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं आप लोग पॉइंट लिखने के शुरू करिए पहला पॉइंट है इसमें वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है एक पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट लिखिए वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है नेक्स्ट पॉइंट वृद्धि को सामान्य पद्धति वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है ना कि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग वृद्धि निषेचित है वृद्धि निश्चित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है आगे देखिए वृद्धि निरंतर नहीं चल नहीं होती है अच्छा पूरा नहीं देखा वृद्धि निशेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है हो गया आगे लिखिए वृद्धि निरंतर नहीं होती है जैसा कि आपने बताया नहीं विकास तो जन्मजात होता रहता है कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही रहता है लेकिन वृद्धि की जो एज होती है वो एक लिमिट होती है कि बच्चे की एज इतने उम्र के बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी या वो इसकी स्पीच नहीं डेवलप होगी वो सारी चीजों की एक लिमिट होती है ठीक है ना इसलिए कहते हैं ना कि समय से बच्चों का ध्यान रखो अगर शुरू में बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा आगे चल के बच्चा आपका हाथ से निकल जाएगा यही तो कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स yes. लिख लिया आगे लिखिए वृद्धि <coughs> की गति एक समान नहीं रहती इसमें ब्रैकेट में, में गति में परिवर्तन आते रहते हैं रिपीट कर रहे हैं आप लोग ध्यान देना वृद्धि की गति एक सामान नहीं रहती आगे पुलिस नौ पेशी में ही इसमें ब्रैकेट में गति में, में ब्रैकेट क्लोज परिवर्तन आते रहते हैं वैसा तो है नहीं कि जो है अगर हाथ ही बढ़ रहा तो हाथ हाथ बढ़कर चला जाएगा ऐसा तो नहीं है ना शारीरिक विकास जब होता है तो उसी जो एक एपरेस होती है हाथ पैर और शारीरिक में अलग अलग जो तंत्रिका तंत्र है उसका विकास एक निश्चित समय के लिए और होता ही रहता है हो गया आगे देखिए वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है पुलिस स्टॉप फिर उसके बाद रुक जाती है इसी में ही फिर उसके बाद रुक जाती है आप उदाहरण समझ लो कि आप इस क्लासरूम में हो आपको मैं बोलूं कि विंडो के साइड जाइए तो कहां तक जाओगे दीवार तक ही से तो जाओगे या दीवार तोड़ दोगे सोचोगे ना तोड़ने के तो सोचना पड़ेगा ना मतलब वो दूसरा मेथड हो जाएगा कि आप सीधे जाओगे और वहां पे जाके रुक जाओगे सपोज करो कोई अपने बॉल फेंकी तो वहां से जाकर के वो जाएगा, तो लिमिट होती है कि इस एज के बाद ही इतना ग्रोथ होगा उसके बाद नहीं होगा ठीक है ना अब आगे पॉइंट लिखिए वृद्धि आंतरिक रूप से होती है वृद्धि आंतरिक रूप से होती है आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है वृद्धि स्त्रियों हमने क्या बोला शुरू में स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा वृद्धि तेजी से होती है हो गया स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा वृद्धि तेजी से होती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट वृद्धि वंशा अनुक्रम और वंशा अनुक्रम और वातावरण में वातावरण की अंतः क्रिया से होती है यानी कि हमारी शरी हमारे शरीर का विकास हमारे इन्वायरमेंट के और हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से होता है देखो देखिए वृद्धि वंशा अनुक्रम यानी कि हेरिडिटी और वातावरण की अंत क्रिया से होती है हो गया नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लिखिये काल में शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में लेकिन बाद में धीमी हो जाती है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए शारीरिक और मानसिक वृद्धि शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है हो गया आगे देखिए स्वस्थ और स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य लिखिए स्वास्थ्य और भोजन कॉमा शारीरिक और मानसिक पहला था स्वास्थ्य और भोजन कॉमा स्वास्थ्य का मतलब हमारी शरीर और हमें हमें क्या आवश्यकता हो होती है भोजन की देखिए पहले स्वास्थ्य और शारीरिक हो गया कॉमा शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है अब आप लास्ट वाली पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा कि आज सपोज करो आपको भूख लग रही है तो क्या पढ़ो कहोगे खाना पहले खा लो या बार बार हमारे ब्रेन उसको मैसेज करेगा कि पेट में कुछ है नहीं पहले भोजन दीजिए उसके बाद हम काम करेंगे होता तो यही है ना तो उसी तरह से हमारे जो विकास है उसमें सारी चीजें शामिल थी आपने अब तक क्या पढ़ा वृद्धि पढ़ लिया कंप्लीट हो गई अब हम कल पढ़ाएंगे आपको या और पढ़ा दूँ शुरू बात हमें चाह रहे हैं कि और भी जो बच्चे हैं ना जो नहीं आ पा रहे उनको भी जब यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा आप आसानी हो जाएगी उन लोगों की भी पढ़ तो मान लो हमसे कवर करने का फटाफट पढ़ा देंगे और आज हम आपको बताने वाले थे लेसन प्लान के बारे में बता दें या कल बताए जैसे आप लोग बताओ लेसन प्लान प्लान के बारे में आपको समझाएंगे तो तो एक को दूसरा और आता है सर कल बता देंगे तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहो तो घर बैठे हुए हैं खड़े हो जाओ हाँ बिल्कुल सबको मैसेज दो ना कि क्लास आना जरूरी है नहीं है क्या है एक मिनट एक मिनट शूटिंग में सबसे पहले हम आपको हाईलाइट करेंगे हम्म, बताएं। आप यहाँ कब से क्लास ले रहे हैं मैं से से। रहा हाँ तो उससे पहले आपने स्कूल स्कूल विजिट किया किया कि नहीं किया स्कूल विजिट किया और यहाँ पे आपने कॉलेज में कंटिन्यू क्लास करने के लिए सोचा ठीक है तो अभी आपने आज दो क्लास चली दो ही चली और चला दो क्लास चली तो आपको कैसा लग रहा है ठीक है जो घर बैठे उनके लिए कैमरे चले घर से पढ़ाई नहीं नहीं होती है हो सकती है लेकिन इनको बताओ तो सही पहले यहाँ आ, आ जाए होता है की अभी हमें समझ नहीं आ रही क्यों इसका कारण आपको लगा? सर, अभी हाँ क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नया आया तो कोशिश ये होती है कि जब हम कोई चीज़ हमारे पास नया होता है तो हमें सीखने में वक्त लगता है और अगर औरल पढ़ाए तो तब पढ़ जब आप सीख जाओगे तब ठीक है बैठ जाइए चलो जय आप खड़े हो जाओ आप बताइए आपका भी शायद दूसरा दिन ही है तो आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग क्लास आए क्लास अटेंड करिए ऐसा कुछ बोलेंगे हाँ जी चलो ठीक है बैठ जाइए तो ठीक है जैसा कि हमने आज क्लास में सभी बच्चों को यूनिट वन पॉइंट वन में और दूसरा ये है कि जो भी लाइव क्लास माध्यम के जैसे हमारी ऑफलाइन हो जाती है सपोज करो कि हम लाइव क्लास दिए उसका चलेगा तो कई बार होता है कि हमें कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आपको दोबारा से हमारी YouTube चैनल पे जाकर के पी राजेश कुमार जो नाम से है YouTube चैनल तो उस पर आप जाना तो प्ले स्टोर होता है देखा ना आप लोगों ने तो प्ले स्टोर में हमने इस तरह से स्टोरज किया हुआ है जो फर्स्ट एयर क्लासेस है फर्स्ट का मतलब समझो जो आपके सीनियर हुए उनका भी तो फर्स्ट एयर चला है क्योंकि उनका एग्जाम तो हुआ नहीं अभी तो हमने सेशन वाइज मेंशन किया हुआ कि 2021 23 उसमें दो हजार इक्कीस तेईस उसमें तो उसपे क्लिक करेंगे तो पुरानी वीडियो भी डली हुई हो होगी उसमें और जो नई वाले हम बना रहे हैं वो तो भी उसी में ऐड कर देंगे तो जिन जैसे जो बच्चे नहीं आ पा रहे कई बार होता ना कि हम जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं तो शायद इतना मैं बी दोबारा से पढ़ाऊंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्योंकि हमें कोर्स कवर करना होगा अगले छः महीने के अंदर छः महीने में क्या है कि हमारे बच्चे अवेलेगुलर नहीं आए हमारी मान लो अभी छब्बीस तारीख को आई कैम्प है तो शायद बच्चे नहीं हो पाएगा तो आप लोगों को वहाँ पे ड्यूटी लेना होगा ठीक है तो इस तरह से जो शिड्यूल होता है, है वो हमारे दो साल के अंदर इंक्लूड होता है चाहे वो सोशल जैसे होता नहीं कि हमारे पास सी प्रोग्राम करना होता है जो फायदे बनानी होती है तो हमारे पास यहाँ खुद ही लग जाता है आई तो आप लोग खुद ही उसमें शामिल होकर के सारी चीज़ें सीख सकते हो तो ठीक है तो हमारा मेन पॉइंट ये था कि अगर रेगुलर क्लास हो रही है जिस, जो जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपको प्रैक्टिकल करो दूसरा क्लास करें तो ठीक है नहीं चाहिए तो अगर लाइब्रेरी ओपन रहती है तो लाइब्रेरी में बैठ के अपना खुद पढ़ लेंगे और दूसरा इधर घर घूमने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको पैसा रहे दे रहे हैं तेरे नहीं ले रहे क्योंकि अभी आप लोग जॉब नहीं कर रहे आप लोग खुद ही दूसरे के आश्रित हो जब हम दूसरे से पैसा लेते हैं तो हमें एक रुपये खर्च करने में जोर पड़ता है जी इसका पैसा नहीं खर्च कर सकते लेकिन आप खुद कमाओगे और ईमानदारी वेस्ट तो नहीं करोगे पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करोगे चलो इसी मैसेज के साथ आज का क्लास जो ओवर होता है फिर नई क्लास जो है कल से शुरू करेंगे तब तक के लिए सबको राधे राधे अब आप घर